शायद कभी न कह सकू मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद शायद आंखों को खाब देना खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से तुम तुमसे कम नहीं जो तुम